अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको यहाँ पर डॉलर पाउंड और रुपीज के नोट दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पचास ऑप्शन बी पचपन ऑप्शन सी पच्चीस या ऑप्शन डी पंद्रह निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है ऑप्शन ए पचास